गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा और ये जिंदगी है मेरी जान मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा आग बन, तो बाप बंद छोटे थोड़ा शांत